हर हाँ जगह महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान है महिलाओं को कहीं भी कमतर आंकने का प्रयास नहीं करना चाहिए यह बात एनटीपीसी शक्तिनगर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर वक्ताओं ने कही एनटीपीसी शक्तिनगर में केक काटकर महिला दिवस मनाया गया एनटीपीसी टी पी सिंगरौली शक्ति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया इस अवसर पर एन परियोजना प्रमुख राजीव अकोटकर ने अपने उद्बोधन में सभी महिला कर्मचारियों के उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशंसा की उन्होंने कहा कि हम सभी को महिलाओं से सीखना चाहिए कि कैसे कामकाजी जीवन और परिवार में संतुलन रखना चाहिए एक संगठन के रूप में एन टी सभी महिला कर्मचारियों को एक समावेश और पूर्वाग्रह मुक्त वातावरण प्रदान करने और सभी महिला कर्मचारियों को यथासंभव सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है समारोह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि राजीव